मेरे दोस्त लोग हंसने का का कर कर रहे हैं आपके कर रहे हैं हैं आपके इसलिए कहता हूं कि लोगों की नहीं अपने मन की सुनिए आप जिस चीज में एक्सपर्ट है उस काम पर भरोसा कीजिए और खुद को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप किसी का बात ना सुनकर आप खुद के दम पर खुद के बल पर आगे बढ़ सके क्योंकि लोग आपको कहने में बोलने में और तोड़ने में लगा रहेगा लोग आपको पीछे से खींचने में लगा रहेगा क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि हिरण की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और चीता की रफ्तार साइड से पैसठ किलोमीटर प्रति घंटा होती है लेकिन फिर भी चीता हिरण को शिकार कर ही लेता है क्योंकि चीता को पता होता है कि मुझे उसे दबोचना है लेकिन हिरण क्या कहता है कि वो पीछे है वो पीछे है कितना दूर है इस तरह से वो हिरन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि वो चीता कहाँ पे है और चीता एकदम डायरेक्ट फोकस से उस हिरण को दबोचने की तलाश में दौड़ रहा है यही अंतर के कारण चीता को हिरन पकड़ लेता है इसी तरह से लोग भी आपको पीछे खींचने की निरंतर कोशिश कोशिश करेंगे, करेंगे। जितना हो सकेंगे उनसे उतना आपको पीछे खींचने की करेंगे। अगर वो जिला भी चल रहा है ना तो आपको भी बोलेगा भाई आजा मेरे साथ जिला भी चल, यही पे बहुत अच्छा इनकम है बहुत ही अच्छा मजा आता है बहुत अच्छा होता है यही कौन करना है? मैं भी करता हूँ वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि यार वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर तू वो काम को कर सकता है यू कैन डू एंड तू उस काम को कर सकता है तू उस काम को कर और तू आगे बढ़ अपनी जिंदगी को झीले या कभी कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं बोलेंगे मैं क्या कहता हूँ कि आपके रिश्तेदार आपकी चाहने वाले या फिर सबसे ज्यादा करीबी आपकी माता पिता या फिर आपकी पत्नी बच्चे कोई भी आपको बात नहीं बोलेंगे या जाइए और अपने सपने को पूरा खींचे कोई नहीं बोलेंगे इसलिए कहता हूं दोस्त जो भी करना चाहते हो ना खुद को करो खुद को उस हिसाब से तैयार करो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि लोग तुरंत कर लेते हैं या फिर लोग माँ के पेट से सीख कर आते हैं और फिर करते हैं उसके बाद वो उस सफल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हर काम के लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है उसके लिए प्रशिक्षण है उसके लिए सीखना पड़ता है और उसके बाद ही उस काम को किया जाता है तो अगर आपको भी अभी पूरा करना है कुछ करना है ऐसा अलग कुछ हटकर तो फिर उसके लिए सीखिए पहले सीखिए फिर कीजिए और दूसरों का बात माफ सुनिए और कम से कम उन लोगों के पास उसकी बात सुना तो दूर उसके पास बैठना भी नहीं जिसको जिसके मन में सपना नहीं है कि मैं कुछ करूंगा जो सिर्फ कहता है कि खाऊंगा पीऊंगा और मरूंगा अरे ऐसा जिंदगी ही क्या है यार खाऊंगा पीऊंगा मरूंगा साला जानवर भी तो ऐसा ही करता है खाते पीते सोते हैं, सारा ही करते हैं फिर मर जाते हैं तो इस दुनिया में क्यों आए हो अगर ऐसा ही करना है तो इस दुनिया में क्यों आए हो इस दुनिया में आने का मतलब क्या है मकसद क्या है अरे इस दुनिया में अगर ऊपर वाला ने भेजा है तो कुछ तो मकसद होगा ना तो उसे पूरा करो उसे ठानो उसके हिसाब से तुम काम करो और उस चीज को पूरा करो तुम्हारे से, से, तो खाना पीना सब को उड़ा दे और सिर्फ उसी काम पर उसी सपना पर फोकस रहे आपका उसे सपना कहते हैं यार अगर कुछ ठान लिए होना तो उसे पूरा करो किसी का बात मत सुना ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन अगर आपके सपनों के बीच में कोई आ रहा है ना तो उसे मत सुनो उसकी बात कितना भी वो मीठी शब्द में बोले लेकिन मत सुनना क्योंकि तो वो आपका सपना है और उनका नहीं है और आपका सपनों आप ही को पूरा करना है क्योंकि आपका सपना कोई और पूरा कर, नहीं करेगा और आपको बाधा डालेगा लेकिन आपका कोई मदद नहीं करेगा आप कोई हेल्प नहीं करेगा यहाँ पहली बात तो है कि आपका सपना है तो आपको खुद स्ट्रगल करना होगा खुद मेहनत करना होगा दिन रात मेहनत करना होगा हर रात जगने वाले आशिक नहीं होते, हा? कुछ रात जगने वाले हमारे जैसे पागल भी होते हैं और आपके जैसे भी होंगे अगर आप चाहेंगे तो क्योंकि तो अगर सपनों के पीछे रात जगने वाले असिक नहीं होंगे लेकिन अपना मुकाम को पाही लेता है तो अगर आपको भी अपना मुकाम को पाना है सफल होना है तो दूसरों का बात इस तरह से मत सुनिए तो थैंक यू